अल्लामक नमस्कार मेरे भाइयों बहनों ये श्री रामपुर राटन टोला का ये रोड है जो बच्चे लोग को आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है और इसके द्वारा बच्चा लोग पढ़ने नहीं जाता है ये रोड इतना ख़राब है आगे जा जो कुछ हम नहीं कहेंगे आप ख़ुद देख लीजिए आप लोग और उसके बाद आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कि नितीश कुमार तक ये बात पहुँचे यह है रोड राटन टोला का बाबू, देख रहे हैं बच्चा लोग को जाने आने में इतना तकलीफ़ होता है जो आप लोग देख सकते हैं इस रोड को